तो नमस्कार दोस्तों मैं नवर्तन आपका एन एस ट्वेंटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ मुझे कुछ ट्विटर और फेसबुक पे कुछ पोस्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि राणा पुंजा भील है वो भील न होकर राजपूत थे तो मैं वो स्क्रीनशॉट और जो फेसबुक पे पोस्ट लिखी हुई है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताना कुछ तथ्यात्मक चीज जरूर बताना की राणा पूंजा वास्तव में पुं� भील थे तो पोस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो फेसबुक ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट शॉट मैं आपके साथ साझा करूंगा इसमें कहा गया है राणा पुंजा मेवाड़ के पंद्रहवा ठिकाने के सोलंकी राजपूत थे भूम सोलंकी के महान पोते अक्षयराज सोलंकी द्वारा स्थापित पंद्रहवा ठिकाना चौदह से अठहत्तर तक सोलंकी राजपूतों की निगरानी में था इसमें इन्होंने बोला है कि आइए हम कुछ स्थापित स्रोतों के माध्यम से इस भ्रांति को स्पष्ट करें ये है वो स्क्रीनशॉट जिसमें राणा पुंजा को राजपूत होने का दावा किया है। लेकिन इन भाई साहब ने इस बात पे गौर नहीं किया है कि राजपूतों के आगे सिंह लगता है लेकिन इन्होंने कहीं भी राणा पूंजा झील के सिंह का प्रयोग नहीं किया है तो और इसमें जो फेसबुक पे पोस्ट है मैं वो भी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगा उसमें भी नहीं बताया गया है कि राणा पुंजा है वो भील न होकर राजपूत थे पंद्रह सो से सोलह सौ सो ईस्वी में महाराणा प्रताप द्वारा मुगल अकबर के विरुद्ध लड़े गए दीर्घकालीन स्वतंत्रता संग्राम को अध्ययन सेनानी का का सोलंकी शासक के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया तो यहाँ तक तो इन भाई साहब ने स्वीकार किया है कि महाराणा प्रताप का साथ है वो राणा पूंजा ने दिया पंद्रह सो छिहत्तर ईस्वी से 1500 तक द्वारा प्रदान तो एव किया उसके लिए कारण प्रताप द्वारा मुगल सेनाओं को प्राप्त करने में संभव हुआ यानी ये तथ्यात्मक चीज देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इतिहास है उसको आप तोड़ या मरोड़ दो लेकिन सच्चाई सच्चाई है वो रहेगी दोस्तों। इन ने भी स्वीकार कर लिया है कि भीलों के कारण ही महाराणा प्रताप है वो उस युद्ध में विजय प्राप्त कर सके लेकिन ये तुले हुए राणा पुंजा को राजपूत साबित करने देखिए संघर्ष के इतिहास में वीर राणा पूंजा का नाम चिर रहेगा यहाँ भी राणा पुंजा को राणा पुंजा नाम से ही उन्होंने संबोधन किया है राणा पुंजा सिंह पंद्रवा के सोलंकी और मुगल साम्रा के विरुद्ध मेवाड़ का संतर्ता संग्राम 28 फरवरी पंद्रह के दिन महाराणा प्रताप के राजारोहण के समय कुमलगढ़ के कुमलगढ़ में राणा पुंजा सोलंकी अपने सैनिकों व धनुधारी भील सैनिकों के साथ मौजूद थे महाराणा प्रताप के राजारोहण उत्सव में मेवाड़ के सभी बड़े छोटे सरदार जो चित्तौड़ के जोहर से बचे थे शामिल हुए सबसे पहले तो मेरा इनसे भाई साहब से यही सवाल रहेगा कि भाई साहब जो राजपूतों का नामकरण है वो इस तरह से नहीं होता जैसे राणा पुंजा और दुदा सोलंकी इस तरह से इनका नामकरण नहीं होता सॉरी मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि राजपूतों के नाम के आगे सीए लगता है जहां तक मैंने पढ़ा है तो इस बात को मैं नकारता हूँ कि राणा पूंजा राजपूत थे और कुछ मैं आपको बुक्स इस अवसर पर महाराणा प्रताप और उनके सहयोगियों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की योजना बनाई और मेवाड़ के पहाड़ों में मुगल सेनाओं से लड़ने की छापामारी युद्ध प्रणाली रूपरे का रूपरेखा तैयार की इससे रणनीति की मुख्य बातें थी अब इन्होंने यहाँ पर जो छापेमारी युद्ध प्रणाली की बात की है तो इस बात पे भाई साहब आप गौर कीजिए कि जो छापामार युद्ध प्रणाली है वो सिर्फ भील लोग ही जानते थे क्योंकि ये इतिहास का एक कड़वा सत्य है जिसको मतलब आप कभी भी झूठा साबित नहीं कर पाओगे 300 मील की वृद्धि वाले मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के भीतर प्रवेश करने वाले सभी मार्गों की नाकेबंदी करना और वहां पर के के प्रवेश करने समय पहाड़ों पीछे से निकलकर उन पर इनकी मतलब जो युद्ध प्रणाली है उसमें क्या किया जाता है कि छिप के वो युद्ध किया जाता है तो इन भाई साहब ने यह साबित करने की कोशिश की है कि राणा पूंजा भी नहीं थे तो लेकिन इन्होंने जो तथ्य सामने रखे हैं उनसे साबित नहीं हो पाता है मेरे भाई कि राणा नहीं राजपूत थे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि ये बात आपको कहां तक इन भाई साहब की है वो सत्य लग रही है ये फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई है इन भाई साहब की आप गूगल करोगे तो आपको शायद ये पोस्ट मिल भी जाए